मायड़ थारो वो भूत कठे को एक लिंग थी मान कथे महाराणा कथा कथे कट है, वो एक लिंग कट है, वो महाराणा कट है। जो है इतिहासा में पायड़ थे दूध जड़ा धन पान लजाय थारो धनपान देखिए मां का दूध लजाना बेटे के लिए सबसे बड़ी गाली है थन पान लजाय नहीं थारो तेजाजी हो जी हो महारणा प्रताप हो महारणा सूरजमल हो अनेक भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगढ़ अनेका अनेक वीर सपूतों ने इसलिए प्राण दे दिए कि उनको ये चिंता थी कि मेरे प्राण नहीं देने से मेरी मां का दूध लग जाएगा और इसलिए धन पान लजाय नहीं था रो रण धीरा बेसर दार भाई क्यों नहीं नर हरियो अकबर से नारे, के साथ नारे, से नारे आ गए दोनों दे क्यों नहीं नर आ गए हिंदू कठे मेरे देश के सभी आने वाली पीढ़ी के साथ में गाना चाहता हूं एक बार अंतिम में हाथों को उठा लें और गाएंगे ताली बेटा। माजड़ था रो वो भूत कठे एक लिंगती भान कठे वो महाराणा वो महाराणा वो महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ो और एक लीलन दोनों नाम आप तक पहुंचे हैं लेकिन स्वामी भक्ति में इस देश के पशु पक्षियों ने भी अपने धर्म को निभाया है इस देश के जीव जंतुओं ने भी मां की लाज को रखने के लिए स्वयं को आहूत किया है और उस आहूत करने वाले उन हजारों शहीदों को सीएलसी से हम नमन करते हैं और इसलिए तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है तुझ पे सुहाग तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है रखी और रिलाज उनकी अर्पित कर दो तन मन धन मांग रहा फलिदान वतन अर्पित कर दोतन मन धन मांग रहा फलिदान वतन अगर देश के काम आए अगर देश के काम आए तो जीवन बेकार तो जीवन बेकार साथियों हो तो जाओ दंगा हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ दया भी अतिशक्ति में नहीं कहूंगा लेकिन पिछले दो वर्षों में देश के दो बड़े मध्य से लड़ गए कश्मीर भारत को है ये कश्मीर भारत को है ये कश्मीर भारत को है पिछले सितर वर्षों से हम कहते आ रहे लेकिन पिछले सालों में देश के शेर ने ये करिश्मा कर दिखाया कि कश्मीर भारत को ही, ही लेकिन झगड़े और भी बहुत है आज देश की सीमा पर संकट का पागल बढ़ गया पाकिस्तानी घुसपे भारत सीमा में घुस आया भारत लड़ सिखा दीजो के ते वीर तेजा जी रहो वंशज के महाराणा रहो वंशज यानी आप बात बता दीजो हर एक बार अखंड भारत की कल्पना करते हुए कश्मीर के लिए दोनों हाथों को उनते हुए उठा ले सीकर देशभक्त शहरों में से है यो कश्मीर भारत को है कश्मीर, यो कश्मीर, मुठियों को बनकर के एक संकल्प की मुद्रा में वहां तक चली जाए यो काश कहां तक अभी बॉस ने जिसका जिक्र किया था यो कश्मीर भारत को है जूठावे आज मायड़ो खड़े हो जाओ सलो दीवानों का दिल दीवानों का दिल दीवान दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला नारा दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला ओ माए रंग दे माए रंग दे ओ माए रंग दे माए रंग दे माए रंग दे माए रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला चुकी सादी स्वामी जी कह रहे थे कि अमेरिका लोगों ने मान लिया कि भारत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता जिसे मान चुकी दुनिया, जिसे मान चुकी सा dil diwano ka dil diwano ka o na dil daar ke dil diwano ka o na dil daar ke dil dev namana ne aave hi roz jashn naradi ka dil dilo raadi होदा